वेलकम टू आईडीआई टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके लिए फिटर ट्रेड की एक डेमोस्ट्रेशन क्लास फिर से लेकर के आया हुआ हूँ आज मैं आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में बताऊंगा कि ट्राई स्क्वायर है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है सबसे पहले हम जानेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में इंट्रोडक्शन ट्राई स्क्वायर एक मार्किंग और चेकिंग टूल है ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है अब हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर का साइज सेप इस तरीके से होता है इस वाले हिस्से को हम ब्लेड बोलते हैं और ये हमारा स्टॉक इस है इसका मेनली कार्य क्या है ये किसी जॉब को 90 डिग्री चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है और अब हम देखेंगे ये पैरल लाइन खींचने के लिए भी कार्य में आता है उसके बाद में ब्राइटनेस मतलब समतलता चेक करने के लिए भी काम आता है अब इसका इसका्बन स्टील स्टील और ये जो हमारा स्टॉक ये वाला एरिया जो हमारा होता है ये अलूमिनियम कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील का बनाया जाता है और ये जो हमारा ब्लेड है ये हमारा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है अब हम देखेंगे साइज इसका साइज ब्लेड की पूरी लंबाई से लिया जाता है जो कि 100 से 300 सौ mm तक की लंबाई में उपलब्ध होते हैं इस ब्लेड में ऊपर वाले हिस्से में सेंटीमीटर के चिन्ह होते हैं और नीचे वाले हिस्से में इंच के चिन्ह होते हैं इसके बाद में हम देखेंगे टाइप ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक होता है फिक्स टाइप दूसरा होता है एडजस्टेबल ये जो आपके सामने में दिखा रहा हूँ ये फिक्स टाइप है। जो कि फिक्स्ड टाइप मैंने आपको दिखाया है। ये वाला हमारा ब्लेड कहलाता है, और ये वाला हमारा हमारा स्टॉक कहलाता है। है, ब्लेड जो वो कार्बन स्टील का बना होता है और स्टॉक हमारा कास्ट है। कास्ट का बना होता है। अब ब्लेडरी चिन्ह होते हैं नीचे वाले में इंच के चिन्ह होते हैं। मतलब कि ये जो हमारा ब्लेड होता है इस तरीके का होता है इसके ब्लेड बीच में एक स्लॉट बना होता है और ये हमारा स्टॉक का कार्य करता है यहाँ पे एक मेट लगा होता है मतलब जिस जगह पे ये फिक्स टाइप ट्राइस नहीं वर्क करता है उस जगह पे हम ये एडजस्टेबल ट्राइस का यूज करते हैं टाइप टाइप टाइप का यूज यूज नहीं कर सकते हैं, तो तो इसके लिए हम करेंगे। ये तो हमारे हो गए उसके बाद में मैंने आपको बता दिया आप mm है और मटेरियल मैंने आपको बता दी हाँ है और स्टॉक जो हमारे इसका इसका इंट्रोडक्शन में में में में बता बता दिया दिया मैंने मैंने ये ये ये मेजरिंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है है है है है इसके इसके बाद बाद कि किस के के के लिए है। लिए लिए होता होता मेनली काम किसी जॉब को 90 डिग्री चेक चेक करने करने यूज किया जाता फ्लैटनेस कोई हमें लाइन समान्तर तो भी हम ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट से आगे चेकिंग ट्राई स्क्वायर फॉर एक्यूरेसी ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं इसके लिए मास्टर ट्राई स्क्वायर आता है जिसके द्वारा ट्राई स्क्वायर एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं अब एक मेनली पॉइंट है ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है मतलब लिस्ट काउंट ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी प्रति एक 10 mm पे प्रति 10 mm mm पर 0.002 इसका लिस्ट लिस्ट होता होता है आप है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि की एक्यूरेसी का कितना है तो इसकी जो लिस्ट एम होती है प्रति 10 mm में 0 0 .002 mm में 0.002 होती है अब ये हो गया यूजेज ऑफ ट्राई स्क्वायर का क्या अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें Time for watch my video